हेलो फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास हमने टॉपिक किया था कि रूल्स एंड रेगुलेशन असेसमेंट के एच के इंडिविजुअल के कंपनी एंड फर्म के उसमें ये बताया था कि बेसिक एक्जेंशन लिमिट क्या रही है आपकी क्यों असेसमेंट किया जाता है और हमें रिटर्न फरने की रिटर्न फाइल करने की क्यों रिक्वायरमेंट रहती है आज हमारा टॉपिक रहेगा असमेंट प्रोसीजर कि असिसमेंट कैसे किया जाता है किस सेक्शन में किया जाता है क्यों किया जा क्यों किया जाता है मैं थोड़ा ब्रीफ लास्ट क्लास का लेता हूँ शॉर्ट में मैंने बताया था 139 सेक्शन 139 में बताया था इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल की जाती है और क्यों की जाती है जब आपकी बेसिक एक्जम्शन लिमिट आपकी टोटल इनकम एवं टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा रहे तो हमें वन थर्टी नाइन वाणी में हाँ हमें रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट रहती है अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो असिस्टिंग ऑफिसर वन फोर्टी टू में वन में नोटिस देकर हमें ये फाइल स्पेसिफाइड पीरियड में हमें रिटर्न फाइल करने के लिए बोलेगा वन फोर्टी में असिस्टिंग ऑफिसर हमें नोटिस दे सकता है वन फोर्टी का कि आपको इसमें रिटर्न फाइल करनी है स्पेसिफाइड पीरियड मैंशन करेगा कि आपको वन वन में आपको आ, नोटिस देकर असेसिंग ऑफिसर इंडिविजुअल कंपनी फर्म किसी को भी कि आपको इस वन फोर्टी वन में आपको रिटर्न फाइल करनी है अगर आपने वन थर्टी नाइन वन में आपने रिटर्न फाइल ही किए हैं ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के बाद मैंने आपको ड्यू डेट बताई थी इंडिविड की थर्टी जुलाई फॉर द असेसमेंट ईयर एंड थर्टी जिनकी ऑडिट होती है जिन लोगों की ऑडिट होती है जिनका ए, दो करोड़ सौंह का टर्नओवर है या पचास लाख जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनकी प्रोफेशनल फीस डॉक्टर्स हुए जज हुए कोर्ट में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए उनका थर्टी फर्स्ट उनकी ऑडिट हुई थर्टी फर्स्ट सितंबर और थर्टी फर्स्ट जुलाई जिनकी ऑडिट नहीं होती नॉन ऑडिटेड के लिए थर्टी जुलाई फॉर द असिसमेंट ईयर होती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकती है डेट को जो भी डिपेंड करता है आज का टॉपिक है असमेंट प्रोसीजर सेक्शन तो प्रोसीजर कैसे किया जाता है पहले तो हूँ 140 सेक्शन 142 फोर्टी वन सेक्शन 142 फोर्टी वन ये कहती है अगर एसएससी ने उसकी इनकम टोटल इनकम बेसिक एक्जन लिमिट से रिक्वायरमेंट से ज्यादा थी और उसने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की ड्यू डेट से पहले या जो भी इसकी ड्यू डेट रही है बिलेट पेनल्टी के साथ तो आपको वन फोर्टी में नोटिस देकर एस ये कह सकता है आपको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी वन का नोटिस कब दे सकते टाइमिंग लिमिट टाइम लिमिट एसेसमिंग ऑफिसर वन फोर्टी टू वन का नोटिस आपको कब दे सकता है आफ्टर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फ्टर द एंड ऑफ द असिस्मेंट ईयर जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है दो हजार बीस इक्कीस फाइनेंशियल या प्रीवियस ईयर मैंने आपको कल ही बताया फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर सेम होते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में असेसमेंट इयर उसका नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड होता है इसकी ड्यू डेट है इंडिविजुअल नॉन ऑडिटेड के लिए कर दे आज का टॉपिक है असैसमेंट प्रोसीजर मैंने कल क्लास में बताया था कि हम वन वन में हम रिटर्न फाइल करते हैं अपना ड्यू डेट से पहले और जो भी यहाँ अगर गवर्नमेंट अगर एक्सटेंड करती है तो हम उसको फाइल करते हैं असेसमेंट प्रोसीजर और 142 फोर्टी टू वन में हाँ, असिस्टेंट प्रोसीजर होता है 142 फोर्टी वन सेक्शन 142 फोर्टी वन ये कहती है अगर एस ने ड्यू डेट से पहले या एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर में विद पेनल्टी अगर अपने अपन, रिटर्न फाइल नहीं की है एस ने तो असिस्टेंट ऑफिसर 142 फोर्टी वन का नोटिस देकर यह कह सकता है कि सर आप स्पेसिफाइड पीरियड में इस रिटर्न को फाइल करो टाइम लिमिट असिंग ऑफिसर 142 फोर्टी वन का नोटिस कब इश्यू कर सकता है एओ के लिए यह आपको क्वेश्चन पूछ सकता है आफ्टर एंड ऑफ द असिस्मेंट इ असिंग ऑफिसर अगर अससी ने 139 थर्टी वन में रिटर्न फाइल नहीं की है अपनी ऑडिटेड नॉन ऑडिटेड असिस्टिंग ऑफिसर 142 फोर्टी वन में एक नोटिस इशू कर सकता है कि आप इस पीरियड की रिटर्न फाइल कीजिएगा असिंग ऑफिसर का टाइम लिमिट क्या होगी आफ्टर एंड ऑफ द असिसमेंट ईयर इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं X दो हजार बीस फाइनेंशियल ईयर एंड प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स की लैंग्वेज में सेम ही है रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट ड्यू डेट ऑडिटेड नॉन ऑडिटेड नॉन ऑडिटेड 30 जुलाई 21 दो हज़ार बीस अभी हमारा एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर इसकी रिटर्न फाइल करने की जो डेट है थर्टी जुलाई 2021 अगर असर से थर्टी जुलाई तो आ, 2021 हज़ार इक्कीस तक रिटर्न फाइल कर देता है तो ठीक है अगर इसके बाद करता है थर्टी जुलाई 31 दिसंबर 2021 हज़ार तक तो विद पेनल्टी और थर्टी मार्च 2022 हज़ार बाईस तक विद पेनल्टी जो भी इसका 1000, 5000, 10000 की पेनल्टी जो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था ठीक है एस ने फाइल नहीं की रिटर्न फाइल नहीं की रिटर्न फाइल थर्टी एस एस ने दो इकतीस माह दो बाईस तक रिटर्न फाइल नहीं करी लेकिन एस की इनकम आठ लाख थी एस को पता था मेरी एक साल की इनकम आठ लाख रुपए जो बैंक में ट्रांजैक्शन आए हुए हैं ऑफिसर को पता चला कि इसने रिटर्न फाइल नहीं की थर्टी मार्च 2022 तक तो वो इसके बाद एक चार 2022, 31 मार्च 2022, मार दो दैट मीन एंड ऑफ द फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर तो एक चार 2022 से वन फोर्टी का नोटिस इश्यू कर सकता है और कह सकता है कि सर आपने रिटर्न फाइल कीजिएगा वन फोर्टी 142 फोर्टी वन में 142 फोर्टी वन का नोटिस तभी शो होगा जब 139 थर्टी वन की ड्यू डेट एक्सपायर्ड होने के बाद वन थर्टी वन का नोटिस असेसिंग ऑफिसर तभी इशू करेगा वन थर्टी का आपकी ड्यू डेट एक्सपायर हो जाए दी 31 जुलाई 2022 के बाद वन फोर्टी का नोटिस इशू करने पर 144 एक सेक्शन है वेस्ट जजमेंट असेसिंग ऑफिसर वन फोर्टी का नोटिस इशू नहीं कर नहीं करता डायरेक्टली वो 144 फोर्टी फोर सेक्शन ऑफ बेस्ट जजमेंट का एक उसका असेसमेंट कर सकता है क्योंकि तो आज हमारा टॉपिक है असेसमेंट प्रोसीजर 144 के लिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है अगर उसे लगा कि 142 फोर्टी का मैं नोटिस इशू नहीं करता हूँ डायरेक्टली मैं असेसमेंट कर देता हूँ और 144 का इसके लिए बेस्ट इसके लिए नोटिस भी 141 फोर्टी वन सेक्शन वन में इशू होता है वन फोर्टी वन में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए ठीक है, है मत करो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है एक बेसिक एक्जीशन लिमिट से तो एस ऑफिसर चाहे तो वन वन का नोटिस इशू करके आपको बोल सकता है कि आपने वो रिटर्न फाइल नहीं किया आप ऐसे एस स्पेसिफाइड पीरियड में आप रिटर्न फाइल कीजिएगा वन का नोटिस इशू करने के साथ नहीं करता है ऑफिसर और डायरेक्टली वो वन सेक्शन में बैंस जजमेंट का असेसमेंट कर सकता है आपके लिए और वो नोटिस दे सकता है वन का इस असेसमेंट को करने के लिए वन को ही का ही नोटिस जाएगा एस के लिए ठीक है अब आता है आपका टॉपिक एक आ, एक आती सेक्शन 142 1 ये तो हो गई 1 एक आती है वन इन दोनों में डिफरेंस क्या है 142 1 सब, क्लोज, सब वन सब सेक्शन 1 और 142 1 सब सेक्शन 2 142 1 सब सेक्शन 1 ये कहती है अगर आपकी इनकम टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन बेसिक एग्जम्पन लिमिट से ज्यादा है और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप रिटर्न फाइल 140 142 1 कीजिएगाशन 2 ये कहता है आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पन लिमिट से कम है जो भी आपकी बेसिक एग्जाम्पन लिमिट दो लाख पचास हजार इंडिविजुअल के लिए एच के लिए फर्म के लिए पार्टीश फर्म के लिए आठ से कम अगर आपकी बेसिक फिलोमीटर से कम है तब भी आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है अगर असेसिंग ऑफिसर इसका नोटिस इश्यू करता है 142 फोर्टी वन में इफ असेसिंग ऑफिसर इश्यूड नोटिस 142 अगर असिंग ऑफिसर नोटिस इश्यू कर 142 1 टू वन सबसेक्शन सेकंड का यह कब इश्यू करता है वेन टोटल इनकम बिलो एग्जेपन लिमिट वन फोर्टी टू वन का नोटिस कब इश्यू करता है सेकंड का जब आपकी इनकम आप बेसिक एक्जें्पन लिमिट से कम हो और वन वन का नोटिस वेन टोटल इनकम एव बेसिक एक्जशन लिमिट ठीक है ये तो समझ में आ गया होगा वन फोर्टी टू वन सबसे बनकर नोटिस कब इशू करता है जब आपके इनकम टोटल इनकम से बेसिक एक्जेंशन लिमिट से ज्यादा हो लेकिन उसके नोटिस के लिए आपकी एग्जेंशन लिमिट से कम है तो ऐसे फिर कहेगा सर मेरी तो इनकम बेसिक एक्जेंशन लिमिट से कम है तो आप मेरे को नोटिस क्यों इशू कर रहे हैं वन सेक्शन वन सेक्न का इस नोटिस के साथ सेक्शन वन सेक्शन वन सेक्शन 153, सेक्शन 147 का 143, 2, 144, 148, 153. वन फोर्टी का नोटिस साथ में इशू करना पड़ेगा वन फोर्टी थ्री का कहता है आपने कोई इनकम स्पूटनी असेसमेंट किया होगी आपकी वन फोर्टी में 144 ये कहता है आपने नोटिस इशू किया है mm -hmm. बेस्ट जजमेंट 153 के लिए 153 फिफ्टी ए का ही नोटिस इशू करता है होता है सर्च एंड और, और 148 ये कहता है 147 का नोटिस इशू करेगा एस्केप इनकम एसेसिंग ऑफिसर ने एस के लिए 142 फोर्टी टू वन सबसेक्शन सेकंड का नोटिस इश्यू किया लेकिन एसएस असेस, कहता है सर मेरी तो वैसे ही बेसिक एक्सामेशन लिमिट कम है आपने सेकंड का नोटिस क्यों इश्यू किया है ऑफिसर कहेगा सर आपकी इस नोटिस के साथ एक नोटिस और ऐड करेगा वन फोर्टी का 144 153 148 वन फोर्टी ये नोटिस है ये नोटिस की सेक्शन है ये आपकी असेसमेंट की सेक्शन 143 कहता थ्री टू कहता असेसमेंट कि सर आपकी स्कूटनी हमें कोई इनकम पाई गई है या स्कूटनी मतलब आपने इनकम कम दिखाई है या स्कूटनी आप कह सकते हो कि आपकी स्कूटनी होगी आपने कोई इनकम नहीं दिखाई है मतलब आपकी बेसिक एक्समशल हिल्म से कम है लेकिन कोई इनकम ऐसी है सर आप हम आपके पास आए और आपकी कोई इनकम हमें मिल गई तो ये होगी स्कूटनी इनकम वन का ये कहता है बेस्ट जजमेंट का सर आपकी इनकम हमें ज्यादा थी आपको हमें नोटिस देना उचित नहीं लगा और हमने वन में बेस्ट जजमेंट जो मेरे को सही लगा वो कर दिया अब आप अगर आप इससे खुश नहीं है तो आप अपील में जा सकते हैं 153 फिफ्टी ये है कि इनकम टैक्स ऑफिसर के कुछ आ, आ, आ, लोग आपके घर आपके ऑफिस या कहीं भी गए आपके घर गए तो वहां आपको सर्च एंड सीजर सर्च एंड सीजर करने पे आपको कुछ पाया गया वहाँ एस के घर पे एस एस ऑफिसर के कुछ लोग इनकम टैक्स ऑफिसर के और वहाँ आपको कुछ पाया गया सर्च एंड सीजर पर वन फिफ्टी ए में आपने रिटर्न फाइल नहीं करी अठ बीस इक्कीस आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है असैसि ने नोटिस इशू कर दिया और 153 फिफ्टी का एक है नोटिस दे दिया साथ में कि सर आपके यहाँ कुछ हमें पाया गया हम आपके घर गए तो वन बन के साथ आपको ये नोटिस दे दिया 148 का नोटिस कब दिया जाएगा जब आपको एसकेप इनकम आपने कुछ इनकम छुपाई गई हो आपने रिटर्न फाइल नहीं करी रिटर्न फाइल नहीं करी ठीक है रिटर्न फाइल नहीं करी लेकिन असैसिंग ऑफिसर के पास पहले ही डेटा आ चुका है कि आपने कुछ इनकम तो छुपाया है तो आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या आपने शेयर कैपिटल शेयर मार्केट कुछ काम किया हो जो आपने शो नहीं करा कि सर मेरे तो लॉस में था शेयर मार्केट में जाता लोग का नोटिस इशू होता है क्योंकि शेयर मार्केट में हमेशा लॉस होता है एस के लिए तो वो अपनी इनकम नहीं दिखाता लेकिन एस ऑफिसर कहता है सर लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी क्योंकि आपको टर्नओवर ज़्यादा हो गया आपका आपने लॉस बुक किया ठीक है लेकिन आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी आपको मुझे बताना होगा कि सर लॉस क्यों हुआ आपने कितना पैसा लगाया शेयर मार्केट में कि आपको लॉस हुआ और आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया तो इसकी मैं एक नेक्स्ट ईयर में आपको टेबल बना देता हूँ क्योंकि इसमें सेक्शन पूछ सकता है नोटिस असेसमेंट ये नोटिस इशू होगा इस असेसमेंट के रिगार्डिंग अंडर सेक्शन 143 आपको नोटिस इशू है 143 फोर्टी का थ्री का और यहां टू आएगा और यहां थ्री टू hmm. असेसमेंट इसका होगा अंडर सेक्शन 143 फोर्टी टू में आपको नोटिस इश्यू करेगा 143 फोर्टी थ्री का और आपको नोटिस मैंडेट्री करेगा इसका 143 फोर्टी टू में स्कूटनी स्कूटनी का अंडर सेक्शन वन फोर्टी फोर अगर इसका नोटिस इशू करता है इसका असेसमेंट भी 144 में होगा बेस्ट 147 का नोट क्यों है आपका एट का होगा ना वन नोटिस वन में एस्केप इनकम आपको एम सी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सर 143 फोर्टी थ्री का नोटिस कब इशू किया जाता है इसकोटने के लिए किया जाता है इसका असेसमेंट किस सेक्शन में होता है 143 सब सेक्शन थ्री में 144 का बेस्ट जजमेंट के लिए किया जाता है सेक्शन पूछ सकता है फिर पूछ सर एस्केप इनकम के लिए कौन सा एसके अगर किसी एस ने एसकेप इनकम की है तो उसके लिए कौन सेक्शन में नोटिस इशू किया जाता है वन में उसका असेसमेंट किस में होगा वन में अगर किसी के रेट पड़ी हो अगर किसी एस एस के रेट पड़ी तो वह सर्च एंड सीजर का आता है तो सर्च एंड सीजर के साथ वो स्कूटनी एस्केप कम का भी नोटिस इशू करता है ये नहीं कि सर्च एंड सीजर का नोटिस का मतलब होता है कि सर्च एंड सीजर के लिए हम 153 फिफ्टी ए का नोटिस इशू करते हैं सर तो हम आपके यहाँ गए हमें इतना गोल्ड मिला इतना हमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले और हम वन फर्टी नोटिस इशू कर रहे हैं इसके साथ वन का भी नोटिस इशू कर सकता है एस्केप इनकम का कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपने वन का भी नोटिस इशू मतलब उसकी इस सेक्शन में फाइल ओपन होगी इस सेक्शन में फाइल ओपन होगी 148 में कि एसके आपने हमसे इतनी इनकम छुपाई है और 153 ए के लिए होता है सर्च एंड सीजर और इसका असेसमेंट सेम सेक्शन में होता है 153 फिफ्टी एट में मेजरली ये पूछ लेता है एमसीक्यू में सर एसके इनकम के कौन सा से सेक्शन में नोटिस इशू किया जाता है और किस सेक्शन में आपका असेसमेंट होगा स्कूटी के लिए पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है सब सेक्शन का वन फोर्टी थ्री और ये वगैरह इसमें अभी टॉपिक क्या आता है वन फोर्टी थ्री वन वन फोर्टी थ्री टू वन फोर्टी थ्री ये होता है वन फोर्टी थ्री वन का आसना इंटीमेशन वन फोर्टी थ्री वन वन फोर्टी थ्री टू वन फोर्टी थ्री थ्री अगर असिस एस ने 139 में रिटर्न फाइल की है तो उसके पास 1431 का इंटीमेशन आएगा कि सर आपने जो रिटर्न फाइल की है जो भी आपने मैनुअली या ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया जो भी आपने डेटा हमें प्रोवाइड कराया है तो वो सही है गलत है तो 1431 में वो इंटीमेशन करते हैं असिस ऑफिसर बैंगलोर में जैसे सी कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे यहाँ बैंगलोर में है तो वहाँ से एक नोटिस आता है एस के लिए हार्ड कॉपी घर पे आती है या मेल पे आ जाती है आज के डिजिटल्स के टाइम में 143 बन का वाकई एक थ्री या फोर पेज का एक पूरा लेटर आता है कि सर आपने जो हमें इनकम शो करी है जो भी आपने क्लेम किया है जो भी एटीसी में डिडक्शन लिए ए टी में लिए है या कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी अगर आपने टैक्स लेट जमा कराया है तो उसकी अपने इंटरेस्ट वगैरह जो आपने कैलकुलेशन किया वो सही है तो एस ऑफिस वन फोर्टी थ्री वन किया है सही है अगर कोई अर्थमेटिकल एरर आती है या कुछ आपने क्लेम ज़्यादा कर लिया है या आपने इंटरेस्ट की इनकम जैसे अगर आपने टैक्स ड्यू डेट पर पे, पे नहीं करा एडवान टैक्स अगर किसी की लाइबिलिटी टेन थाउजेंड से ज़्यादा होती है ईयर में पूरे साल में तो उसे एडवान टैक्स विद इन ड्यू डेट पर जमा कराना होता है ये टॉपिक मैं आगे लूँगा अगर आपने एडवांट टैक्स जमा नहीं कराया हो और आपने इंटरेस्ट जब आपने वन में रिटर्न फाइल करी है उस टाइम पर आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा हो या जो कैलकुलेट हो रहा हो उससे कम पे किया हो तो 1431 में आपको इंटीमेशन करता है सर आपका इतना इंटरेस्ट बनना है आपको पे करना है या आपको इतना रिफंड बन रहा है आपने हमको टैक्स जमा ज़्यादा जमा करा दिया है या आपने आपका टी ज़्यादा कटा है डिडक्ट हो गया है और आपकी इनकम कम थी तो उस केस में आपको 1431 में इंटीमेशन हो जाता है इसके लिए वन के इंटीमेशन के लिए 143 का टिकल एर फोर्टी काल एर एस एस सी ने डाली है या क्लेम अगर एस ने क्लेम कम किया है या ज्यादा किया है इंक्रीज जैसे एटीसी का एटीडी कोई भी सेक्शंस जो भी आपके रिलीफ मिलती है रिलीफ सेक्शन 89, सेक्शन 90 ए जो भी आपने अपने रिटर्न फाइल किया हो अगर उसमें कम या ज़्यादा या कुछ ऐसा कि जो एसिंग ऑफिसर उससे आपसे बोलता है कि सर आपने इंटरेस्ट कम पे किया तो आपको डिमांड निकाल कर इंटीमेशन करेगा विद इन ए टाइम आपको इंटरेस्ट पे करना है अगर आपका रिफंड बन रहा है तो रिफंड आपको आपके अकाउंट में विद इन ए पीरियड में आ जाएगा अगर वो जिस हाँ अगर आपने टैक्स पे कम किया है टैक्स अगर आपने टैक्स पे कम किया है तो गवर्नमेंट आपसे 18 परसेंट इंटरेस्ट क्लेम करेगी अगर आपका रिफंड बन रहा है रिफंड बन रहा है जिस दिन आपके आपने रिटर्न फाइल करी है उस दिन से और जब आपका रिफंड आएगा 6 परसेंट आपको उस पर इंटरेस्ट की दे, देना गवर्नमेंट आपको देती है इन केस में आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ आपके वन फिटी का कब आता है अच्छा बिजनेस इनकम 20 लाख चालीस हजार शो करिए आसिसिंग ऑफिसर ने ये टोटल इनकम शो करिए उसने कोई भी बिजनेसमैन हुआ उसने टोटल इनकम 20 लाख चालीस हज़ार रुपये दी और उस पर उस पर टैक्स पे कर दिया अब इसमें कुछ खर्चे जैसे डेप्रेसिएशन हुआ जो नॉन कैश आइटम होता है डेप्रिसिएशन सर एक नॉन कैश आइटम होता है ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है ये एक प्रकार से एक्सपेंसिज होता है लेकिन ये नॉन कैश होता है नॉन कैश क्या होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एक्सपेंडिचर में आता जरूर है खर्चा बहुत होता है इस चीज़ का लेकिन ये शो दिखता नहीं है नॉन कैश ना आया ना गया लिंक खर्चा बुक हो गया हमारे लिए खर्चा बुक हो गया और हमको डिडक्शन्स मिलेगी और हमारा प्रॉफिट कम हो गया इस बेस पे तो ये डेप्रेशन बोल पूछ सकते सर नॉन कैश आइटम कौन कौन से आपके तो एक आपका डेप्रेशन आपका नॉन कैश आइटम है था था था। असेसिंग ऑफिसर कहता है इस वाले केस में कि सर आपने जो हमें खर्चे दिखाए हैं टोटल इनका आपने बीस दिए है इसमें आपने कुछ खर्चे अलाउ मतलब हाँ कुछ खर्चे आपने डाल दिए लेकिन मैं उन खर्चों को डिसअलाउड कर रहा हूँ डिसअलाउड का मीनिंग वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और आपने उनको खर्चों को डाल दिया तो मैं इनको डिसल कर रहा हूं तो कहा एस ऑफिसर ने दो लाख के खर्चे डिसल कर दिए तो यहां उसकी इनकम हो गया आपकी 22 लाख चालीस हजार टोटल इनकम एस ऑफिसर ने आपने बीस लाख चालीस हजार का दिखाया टोटल इनकम लेकिन एस एस एम ऑफिसर ने क्या पूरा आपका रिटर्न फाइल देखा तो उसमें दे, देखा कि कुछ खर्चे डिसलाउड हो रहे हैं आई मीन I mean, कुछ खर्चे आपने दो लाख रुपए के एक्स्ट्रा डाले होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है एस एस एम ऑफिसर ने बोला सर मैं इनको डिसअलाउड कर रहा हूँ आपकी टोटल इनकम बाईस लाख चालीस हजार और आप इस पर टैक्स पे करो तो उसने टैक्स की कैकुलेशन दो लाख पिकाल दी दो लाख पर निकाल के आपको इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको वन फोर्टी नोटिस दे दिया इंटीमेट कर दिया 143-1 सेक्शन इंटीमेशन ऑफ असेसमेंट ये सर किसी भी एस के लिए ये जरूरी नहीं है कि 143-1 का नोटिस आ गया मेरे पास तो मेरा असेसमेंट हो गया नहीं एस चाहे तो एक बार 143-1 में आपको इंटीमेट कर रहा है सर हमने आपकी इनकम इतनी दिखा दी दो लाख रुपए ऐड करके और आप इस पर टैक्स पे कर दीजिएगा असिस्टेंट ऑफिसर को राइट है कि जिस साल के एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेकर आठ साल तक में कभी भी आपको वन फोर्टी का नोटिस दे सकता है स्कूटी के लिए 147 में दे सकता है वन ए में दे सकता है ये असर ये यही नहीं कहता सर आपने तो मेरे को उस साल का 143 फोर्टी वन में इंटीमेशन दे दिया असेसमेंट का तो आप मेरे को 147 का और 143 फोर्टी टू का नोटिस कैसे दे सकते हैं नहीं एस एस ने बस इंटीमेट किया था आपकी इनकम इतनी है हम चाहे तो आगे के आठ सालों में अब आप आपको नोटिस और दे सकते हैं क्योंकि हमें आपको पाएगी कि जब जब आपने रिटर्न फाइल की तो ठीक है हमें कोई इनकम नहीं दिखे आपने जो दिखाया हमें पता चल गया लेकिन हमें बाद में इंफॉर्मेशन में लेके आपने कुछ इनकम एस्केप किया है या आपके सर्च एंड सीजर केस में हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपके ऑफिस में या फिर घरों पर पाएगी जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं देखे शो करिए तो वन का नोटिस दे सकता है वन ए का नोटिस दे सकता है वन में नोटिस दे सकता है जैसे अब इसमें और भी एग्जाम्पल लेता हूँ एस एक्स है उसने एट्टी सी में क्लेम किए दो लाख रुपए मैन्युअली सर पहले रिटर्न मैन्युअली जाती थी अब तो ऑनलाइन जाती है तो बन लाख फिफ्टी से ज़्यादा लेता ही नहीं है तो 50,000 थाउजेंड क्या डिसअलाउट किया उसने या एटीजी डोनेशन डोनेशन में उसने एक लाख रुपए के डोनेशन की रेबेट ली हंड्रेड वाली या 50% वाली जो भी है लेकिन पैन नंबर उसका गलत था रोंग असिस ऑफिस ने डिसाउड कर दिया खर्चा डिसआउट कर दिया तो 143 वन में आपको इंटीमेट किया सर आपको इतना और टैक्स पे करना पड़ेगा आपने जो ए सी में क्लेम किया दो लाख के पचास हज़ार यहाँ डिसआउट हो गया ए में आपने डोनेशन वन लाख रुपये लिया लेकिन आपका पैन रॉन्ग था जो इस संस्था को आपने हमने दिखाया वो उसका पैन नंबर नहीं था वो उसमें रजिस्टर्ड नहीं था जिसको ट्वेल्ड डबल एक का जिससे इसको रिवेट दे सकें तो कुछ ऐसे ऐसे आपको पूछ सकता है एम क्वेश्चंस में सर कितना खर्चा डिस आउट हो गया सही है या गलत है इस चीज़ की केस में 143 फोर्टी के नोटिस में 143 फोर्टी का नोटिस अभी भी कह रहा हूं कि बन का इंटीमेशन करता है असिस ऑफिसर ये अससमेंट नहीं है 143 फोर्टी का नोटिस चाहे तो वो आगे के आठ सालों में कभी भी दे सकता है आपके लिए स्पेशल ऑडिट असेसमेंट केस असेसमेंट में मैं कभी भी असेसिंग ऑफिसर आपकी स्पेशल ऑडिट करा सकता है सेक्शन 142 फोर्टी टू सबसेक्शन ए में असेसिंग ऑफिसर ने कभी भी आपको 142 143 2 का नोटिस इशू करा स्कूटी का या 147 एस्केप पर किया कोई भी नोटिस इशू करा उसको ये लगा कि जो आपने मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स वन फोर्टी के नोटिस में आपने मेरे को प्रोवाइड कराया स्कूटी केस में वो कंप्लीट नहीं है इनकंप्लीट है या 147 फोर्टी सेवन में आपके पे इनकम दी मैंने आपको नोटिस इशू किया 147 में कि सर आप मेरे को इतनी इतनी सारी बुक्स लेकर आओ आप कैश बुक लेजर्स वगैरह सब कुछ लेकर आओ लेकिन आप मुझे लगा कि आपने जो आ, बुक्स वगैरह मेंटेन किए हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं किए हैं तो वो अपील में जाकर जो वन फोर्टी स्पेशल ऑडिट केस में वह एक ऑफिसर अपने सीनियर्स आई टी में मतलब जुडिक्शन से लेके कर से वो स्पेशल परमिशन लेके उस एस की स्पेशल ऑडिट करा सकता है कि सर मैं आपको 142 फोर्टी टू टू के सेक्शन के रेफर में मैं आपकी ऑडिट करवाना चाहता हूँ एस के का सर क्यों मैंने आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट दिए वो सही हैं मैंने सी एस सर्टिफाई करवा के दिए हैं आप उस बुक्स ऑफ़ अकाउंट लेकिन असिस्टिंग ऑफिसर इस चीज़ के लिए कंप्लीट नहीं है वो कहते हैं सर नहीं सर फिर भी मेरे को एक बार आपकी स्पेशल ऑडिट करानी होगी वन फोर्टी टू ए में इसमें जो इस्पेशल ऑडिट करने वाला आएगा वो डिपार्टमेंट का ही ऑफिसर होगा और वो सेक्शन वन फोर्टी टू टू ए में नोट आ, आ, आपकी ऑडिट करेगा अगर आपका वन फोर्टी सेवन में एस के पे कम हो गई है या वन फोर्टी एट में आपकी असमेंट कम्प्लीट हो गया है तो उस केस में ये वन ए का नोटिस वापस से 142 फोर्टी टू टू ए का स्पेशल ऑडिट कभी जब जब भी करा सकता है जब आपका अससमेंट नहीं हुआ हो 148 में और 143 फोर्टी में आपका तभी करा सकता है कि आपको नोटिस इशू कर रहा है लेकिन असेसमेंट कम्प्लीट नहीं हुआ है आपका तो उसी केस में आपके ये ऑडिट करा सकते हैं 142 फोर्टी टू में अब आता है आपका कि 143 फोर्टी थ्री टू का नोटिस आपका कब ईश्यू हो सकता है कि आपको रिटर्न फाइल करनी हो या कैसे तो इस केस में आपके लिए वन फोर्टी का नोटिस आपको कब इशू हो सकता है इसकी टाइम लिमिट क्या है वन फोर्टी के नोटिस की इशू करने की आपने जब रिटर्न फाइल करी है रिटर्न फाइल करने का एंड ऑफ द फाइनेंशियल के इदिन सिक्स मंथ के अंदर जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ फाइनेंशियल दो हजार बारह के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 30 नौ 2013 ऑडिटेड ठीक है इसका एंड ऑफ द असेसमेंट देंट कब हो रहा है जिस फाइनेंशियल के रिटर्न आपने एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर ने की है उसके विद इन सिक्स मंथ में आपको 1432 का स्कूटनी का नोटिस इश्यू कर सकता है मींस mm -hmm. दो हजार बारह तेरह फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यूडेट आपको 30 सितंबर 2013 हजार ऑडिटेड के लिए आपने रिटर्न फाइल कर दी तीस नौ दो हजार तेरह को लेकिन एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इसका असेसमेंट ईयर कब कम्प्लीट हो रहा है फाइनेंशियल तीस 2014 इसके छः महीने के आगे तक आपको नोटिस इशू कर सकते हैं मतलब इस रिटर्न फाइल करने के आप कभी भी नोटिस कर सकते हैं तीस नौ दो के बाद एक अक्टूबर से आपको चालू है कि भाई ठीक है लेकिन आप लास्ट डेट आपकी ये रहेगी इसकी बाउंडिंग कि तीस नौ दो जब भी आपने रिटर्न फाइल करी हो उसके विद इन सिक्स मंथ के अंदर आपको नोटिस इशू करने के लिए आपको असिस्टेंट ऑफिसर आपको कह सकता है कि आप 1432 का नोटिस आपको दे सकता है स्कूटनी वन फोर्टी वन केस के के के में सर्च एंड सीजर केस के में क्या होता है के ऊपर असिस्टेंट ऑफिसर के पास पूरी पावर होती है कि वो सर्च एंड सीजर का आपके पास आ सकता है और पूरी आपकी छानबीन कर सकता है आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगना चाहे वो मांग सकता है आपको देने होंगे अगर नहीं देते हो तो वो आपके पास पुलिस केस या जो भी है आपके ऊपर बना सकता है सर्च एंड फीजर केस में वन ए आपके यहाँ जैसे अभी किसी भी एसएससी के यहाँ गए वन सर्च किया सीजर किया आपके पास काफ़ी सारी इनकम पाई गई कि सर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया या ये रिटर्न में शो नहीं करा आपके पास एक करोड़ की इनकम पाई गई है लेकिन आप रिटर्न में मात्र दस लाख रुपए की इनकम शो कर रहे हो तो 153 ए का नोटिस दे, दे देगा उसके लिए सर हमें नोटिस में बाकायदा पूरा मैंशन करेगा पॉइंट वाइज कि हमें इतना गोल्ड मिला इतना ये मिला ये मिला इसकी वैल्यू वैल्यूशन करके वो बताएगा ये नोटिस दे दिया वन फिफ्टी थ्री एम आई असेसमेंट करना होगा फिर अतः नोटिस वन फोर्टी सेवन एस्केप इनकम असेसमेंट ऑफिसर आपके घर गया 153 फिफ्टी थ्री ए का सर्च एंसीजर का नोटिस दिया सर हमें इतना मिला दो दिन तीन दिन में जो भी है साथ में 147 का भी नोटिस दे दिया एस्किपमें सर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपने इतनी इनकम आपने एस्किप की है हमको बस शो नहीं करी है में तो आपके जो फाइल ओपन होगी वो दो जगह होगी 153 फर्फ्टी ए में भी होगी और 147 में होगी तो इसका असेसमेंट 148 में कम्प्लीट करना पड़ेगा इसको अगर वन फिफ्टी सी ए की फाइल अगर क्लोज हो जाती है सर्चिंग सीजर केस में तो वन में फाइल आपकी खुली रहेगी एस के इनकम की और इस केस में वो आठ साल जिस साल वो फाइल ओपन हुई है उसके आठ साल से पीछे के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग सकता है इनकम टैक्स के अकाउंट्स बुक्स वगैरह जब भी जो भी उसको होगा वो आपको देना होगा इस चीज़ के लिए इसके साथ आपके असेसमेंट प्रोसीजर में एक एक सेक्शन और है आपकी वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अगर एस ने आपको असिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया वन फोर्टी में एस ने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कराए कि भाई मेरे पास नहीं है और असिसिंग ऑफिसर को ये लगा कि सर आपकी इनकम बेसिक एक्जम्शन लिमिट से ज़्यादा है या कम है या कुछ इनकम आपने हमसे छुपाई है तो असिंग ऑफिसर वन सेक्शन वन में बेस्ट जजमेंट असमेंट कर सकता है इसके लिए एसेसिंग ऑफिसर उसको नोटिस इशू करता है वन वन में 143 फोर्टी वन में जब नोटिस इशू करता है तो इंटीमेशन करता है कि सर आप हमें विद इन अ पीरियड 15 डेज के जिस डेट को आपको नोटिस मिला है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे और आपको विद इन फिफ्टीन डेज या विदिन वन मंथ है उसमें मेंशन होता है नोटिस में आपको ये डॉक्यूमेंट्स आप हमारे सामने लेकर आएँ अगर आप नहीं लेकर आते तो फिर वापस से इंटमेशन करता है एक और सिक्स मंथ के बाद कि सर आपको हमने रिमाइंडर कराता है कि आपको हमने पहले आपको नोटिस दे चुके हैं इस संदर्भ में और ये आपका नोटिस नंबर लास्ट हम आपको वापस से एक इंटीमेट कर रहे हैं कि सर आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ अदरवाइज़ हम वन फोर्टी फोर में कर देंगे एक्सपार्टी आपके नोटिस में कभी इनकम टैक्स में आ जाता है ये एक्सपार्टी एक्सपार्ट कर देंगे एक्सपार्ट का मीनिंग होता है आपका बेस्ट जजमें आ सकता है हम सेक्शन 144 में एक्सपार्ट कर देंगे मतलब जो हमें सही लगेगा वो हम कर देंगे हम आपसे अब नहीं पूछेंगे अगर आप हमारे सामने सेकंड नोटिस के बाद भी आप हमें इस टाइम पीरियड में नहीं आए तो हम आपकी एक्सपार्ट कर देंगे दैट मीन्स 144 में हम आपका असेसमेंट कर देंगे अब वै वन फोर्टी फोर करने के बाद अगर आपकी इनकम उनके हाँ उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कि उनके पास सारा एविडेंस रहते हैं कि हम आपके यहाँ एक्सपार्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सर आपकी इनकम ज़्यादा है और आपने यहाँ रिटर्न फाइल नहीं करी है लेकिन ऐसा सही सोचता है कि सर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कहाँ से है डॉक्यूमेंट्स उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बैंक से सभी से वो मंगवा सकते हैं अगर आपका टैक्स तीन लाख रुपये बनता है अगर आपका टैक्स थ्री लाख रुपये बनता है एक्सपार्टी में आपके पास नोटिस जाएगा कि सर आपका हमने 144 फोर्टी जजमेंट असेसमेंट कर दिया एक्सपार्टी तीन लाख रुपए आपका टैक्स बन रहा है लेकिन अस एस सोचते हैं सर मैं तो गया भी नहीं फिर भी इन्होंने तीन लाख रुपए टैक्स मार दिया तो वो आपके आ आ बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी है जो भी वो जब्त कर सकते हैं बैंक अकाउंट सीज आ, आ, कर सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर एक लेटर इशू करता है जिस बैंक में आपके अकाउंट होते हैं सारे अकाउंट सीज हो सकते हैं प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं आपकी जो भी है जितना आपका टैक्स बन रहा है तो अगर असेसिंग ऑफिसर के यहां से जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर के यहां से आप अगर आपको बस कभी नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई जरूर दें अदरवाइज नहीं देते हैं तो वो वन फोर्टी फोर वै जजमेंट में एक्सपायरटी कर देगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि तो फिर असिसिंग ऑफिसर किसी की नहीं सुनेगा किस में कि हमने आपको दो से तीन बार इंटीमेट किया फिर भी आपने आप हमारे आप पास नहीं आए जब हम आपको एक्सपर्ट कर दिया आपके बैंक अकाउंट सीज हो गए जब आप हमारे पास आ रहे हो तो इस चीज़ के लिए हम कहेंगे कि जैसे भी आपके नोटिस हों तो उनको प्रोवाइड करा दिए जाए जो भी मांग रहे हो इनकम टैक्स ऑफिसर्स वगैरह आज के लिए सर इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट क्लास में मैं असिसमेंट प्रोसीजर पर एक बड़ा टॉपिक लूँगा कि कैसे कंप्लीट क्लोज किया जाता है इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है और टाइमिंग लिमिट में एक ग्राफ एक चार्ट वन बताऊँगा कि किस किस टाइमिंग लिमिट के लिए आपको किया जाता है